कर दोस्तों मैं हेल्प टू एवरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज मैंने पी के अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताने आया हूं जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कृपया इस फॉर्म को भर ले और एक रोज़गार का माध्यम बने तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या नोटिफिकेशन में डिटेल दिए हुआ है तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं तो ये रहा आपका आज का नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में ये है कि इसका डायरेक्ट हम वेबसाइट पर जाएंगे पीजीसीआर के वेबसाइट पर ठीक है ये वेबसाइट रहा इस वेबसाइट पर जा करके उसके बाद हम लोग देखेंगे करियर सेंटर में जाएंगे करियर सेक्शन में करियर सेक्शन में जा कर उसके बाद एडवरटाइजमेंट रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस के जाएंगे तो यहाँ खुल जाएगा ठीक है इसका फाइल खुल जाएगा डिटेल खुल जाएगा और देखिए यहाँ कौन कौन सा गांव में है कौन कौन सा राज्य में है गुरुग्राम फरीदाबाद जम्मू लखनऊ पटना कोलकाता शिलोंग एंड भुवनेश्वर और, और नागपुर बड़ोदरा हैदराबाद बेंगलोर ये सारे सिटी में वैकेंसी निकली हुई है उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे देखिए देखे, उसका प्रोसेस दिया हुआ है स्टेप वन में भी दिए हुआ है इसका प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है तो उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं क्या क्या बोल रहा है प्रोसेस में यह है कि एन पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एम के पोर्टल पर और या नहीं तो अप्रेंटिसिप इंडिया ऑर्गेनाइज पे होना चाहिए अप्रेंटिस उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेट है इक्कीस सात स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट क्लोजिंग डेट है बीस आठ ठीक है तो इसका एलिजिबिलिटी का आइडिया देखते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं उसका स्टाइफन ग्यारह हज़ार है और डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उसका स्टाइपेंड ट्वेल्व थाउजेंड है और डिप्लोमा सिविल वाले भी कर सकते हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक टेली और कंप्यूटर साइंस वाले भाई लोग सब कर सकते हैं कोई एच में भी करना चाहता है तो उसके लिए भी कर सकते हैं सारा ये डिटेल रहा ठीक है तो इसको हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए हुआ इसका कुछ वो भी पढ़ लेंगे